बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना शरीर से भले ही जिंदा रहो मर चुके होगे